नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है यानी खरीफ जो फसल है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह फ़ैसला किया है जब पहले 20 मई तक ये आवेदन करना था लेकिन इसे बढ़ा करके एक्सटेंड करके इकतीस मई तक कर दिया गया है तो चलिए इस न्यूज़ को हम देखते हैं और सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बेलाइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि संबंधित जो भी वीडियो हो वो आप तक सीधे पहुंचे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़िया देख सकते हैं खरीफ की खेती राज्य सरकार ने लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए अनुदानित दर पर खरीफ का बीज के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है यानी राज्य सरकार ने लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए अनुदानित दर पे जो बीज मिलता है किसानों को उसकी तारीख बढ़ा दी है किसान अब इकतीस मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कृषि विभाग दो जून से खरीफ माह अभियान का शुभारम्भ करने जा रहा है किसानों इसके लिए अनुदानित बीज उपलब्ध कराया जा रहा है बीज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तारीख जो है बीस मई तय की गई थी पहले बीस मई ही तारीख तय की गई थी किसानों की मांग को देखते हुए अब इकतीस मई निर्धारित की गई है कृषि मंत्री जो हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक दिन पहले शुक्रवार को कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया था कि खरीफ मौसम में कृषकों को प्रभेद के अनुसार बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए यानी कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि खरीफ मौसम में कृषकों को प्रभेद के अनुसार बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कोरोना काल में कृषकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में हो रही दिक्कतों को उनका सहयोग किया जाए कृषि को के माध्यम से बीज वितरण के लक्ष्य का 120 प्रतिशत योग्य कृषकों का चयन कर वितरण समय से पूरा कर लिया जाए मंत्री ने खरीफ की बुआई समय, समय समाप्त करने का टस्क दिया हुआ है बिहार में इस खरीफ मौसम में वन थ्री एट पॉइंट टू जीरो लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है देख सकते हैं मंत्री ने खरीफ की बुआई समय समय समाप्त करने का टस्क दिया हुआ है बिहार में इस खरीफ मौसम में एक सौ पॉइंट पॉइंट टू जीरो लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया मक्का अरहर उड़द धान आदि के बीच के लिए कुल फोर 50 लाख किसानों ने आवेदन किया है हालांकि ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या 1.32 लाख है इसमें बीज की होम डिलीवरी मांगने वालों किसान भी शामिल यानी इसमें होम डिलीवरी में आप मंगा सकते हैं या आपको पता ही होगा राज्य में खरीफ मौसम में बीज की कोई कमी नहीं है या सरप्लस ही है राज्य के तीन जिलों में आगाई अंगात खेती होती है वहाँ अप्रैल में ही बीज पहुँचा दिया गया था कि किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिल सके वे ऑनलाइन आवेदन कर सकें धन्यवाद